विद्यार्थियों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एम टू नॉलेज में तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक हमारी वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की मिट्टियों के बारे में बताएँगे जिससे संबंधित प्रश्न दोस्तों राजस्थान के कई एग्जामों बी एवं अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं वीडियो आपका पहला प्रश्न है लाल चिकनी बलुई मिट्टी जिसे दोस्तों लाल लोमी मिट्टी भी कहते हैं राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है लाल चिकनी बलुई मिट्टी यानी कि दोस्तों लाल लोमी राजस्थान के किस जिलों में कौन से ज़िलों में पाई जाती है ऑप्शन कोटा चित्तौड़गढ़ बारा झालावाड़ उदयपुर डूंगरपुर या दोस्तों अजमेर और पाली में जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों तो प्यारे इसका करिएगा इसको आपका दूसरा प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है राजस्थान के कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है ऑप्शन उदयपुर कोटा भीलवाड़ा अजमेर बांसवाड़ा, डूंगरपुर या जयपुर और दौसा तो प्यारा अभ्यर्थ्य इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लाल लोमी मृदा पाई जाती है तीसरा प्रश्न है राजस्थान में कछहारी मिट्टी कौन से ज़िलों में पाई जाती है राजस्थान में कछहारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है ऑप्शन दौसा धौलपुर कोटा व माधोपुर चूरू अजमेर नागौर व सीकर सीकर बारा व झुंझुनू या प्यारे अभ्यर्थियों जोधपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ व उदयपुर तो जल्दी ही उत्तर कमेंट करिए साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कछहरी मिट्टी है राजस्थान के दौसा धौलपुर कोटा व सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है याद रखना इसको चौथा प्रश्न है राजस्थान के किस प्रदेश में एंटिसोल समूह की मृदा मिलती है राजस्थान के किस प्रदेश में एंटिसोल समूह की मृदा मिलती है ऑप्शन पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी तो प्यारे अभ्यर्थी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी इसका सयुत्तर हो जाएगा पश्चिमी जो राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है पाँचवा सवाल है पाली नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है पाली जाल नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है ऑप्शन पीली भूरी धूसर भूरी ग्रे ब्राउन जलोड़ लाल दोमट या गहरी मध्यम काली तो साथ ही उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धूसर भूरी जिसे ग्रे ग्राउन या जलोड़ मिट्टी भी कहते हैं वह पाली नागौर तथा अजमेर जिलों में पाई जाती है छठा प्रश्न है खसरा संबंधित है ऑप्शन उप, भूमि का क्षेत्र राजकीय कर सार्वजनिक भवन या धार्मिक कर जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि का क्षेत्र खसरा संबंधित है सातवा प्रश्न है राजस्थान के किस प्रदेश में बर्टो मृदा मिलती है राजस्थान के किस प्रदेश में बर्टो मृदा मिलती है ऑप्शन हाड़ोती का पठार गग्घर का मैदान लूनी बेसिन या सेखावाटी क्षेत्र तो साथ ही उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेखावाटी क्षेत्र में बर्टो मृदा मिलती है सेखावाटी क्षेत्र में याद रखना इसको आठवां प्रश्न है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है ऑप्शन घेहूं चावल उड़द या गन्ना तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़द फसल को भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए बोया जाता है उड़द ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नवा प्रश्न है मिट्टी में खारापन एवं क्षार्यता की समस्या का समाधान है मिट्टी में खारापन एवं क्षार्यता की समस्या का समाधान है ऑप्शन शुष्क कृषि विधि खेतों में जिप्सम का उपयोग वृक्षारोपण या समुच्च रेखाओं के अनुसार कृषि तो साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का उपयोग ऑप्शन सी मिट्टी में खारापन एवं क्षार्यता की समस्या का समाधान है कि खेतों में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है दसवा प्रश्न है हाड़ोती पठार पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है हाड़ोती पठार पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है बर्टिसोल्स इंसेप्टिसोल्स इंसेप्टिसोल्स या दोस्तों एंटीसोल्स तो प्यारे भारतीय इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोल्स हाड़ोती पठार पर निम्नलिखित में से बर्टी सोल्स मृदा पाई जाती है ऑप्शन ए साथियों आपका प्रश्न है सेम किस स्थिति से संबंधित है सेम किस स्थिति से संबंधित है ऑप्शन रेत या बालू के टीलों का निर्माण पारिस्थितिकी में परिवर्तन मिट्टी या मृदा का प्रदन या कटाव बनिए कटाव तो प्यारे भारतीयों जल्दी कमेंट करिए उत्तर को तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पारस्थितिकी में परिवर्तन सेम से सेम स्थिति से संबंधित है बारहवा प्रश्न है हाड़ोती पठार की मिट्टी है हाड़ोती पठार की मिट्टी कैसी है ऑप्शन वर्टिसोल्स एरिड एरिडसोल्स अल्फिसोल्स या एंटीसोल्स तो प्यार अभ्यार्थ्य इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हारोती पठार की मिट्टी बर्टिसोल्स है तेरहवा प्रश्न है भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनमन अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण प्रभावित क्षेत्र है भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राज्य में मरुस्थलीकरण प्रभावित क्षेत्र है ऑप्शन उनसठ पैंसठ परसेंट सड़सठ परसेंट या 70 परसेंट तो क्या भारतीय उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 67 सेवन परसेंट मस्थलीकरण प्रभावित क्षेत्र है 2007 के अनुसार साथियों आपका चौदहवा प्रश्न है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र स्थित है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है बता रहा है आपको ऑप्शन लखनऊ करनाल अहमदाबाद या जयपुर जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र है वह करनाल में स्थित है आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पंद्रवा प्रश्न है राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है राजस्थान के किने निम्नांकित जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है ऑप्शन उदयपुर कोटा भीलवाड़ा अजमेर बांसवाड़ा डूंगरपुर या जयपुर दौसा तो साथ ही उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बांसवाड़ा डूंगरपुर में लाल नौम पाई जाती है सोलह प्रश्न है जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र खोला गया जोधपुर में राज मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र खोला गया ऑप्शन उन्नीस सौ सत्तावनवे उन्नीस सौ अट्ठावनवे उन्नीस सौ में या उन्नीस सौ बावनवे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दी। वामन में में जोधपुर अनुसंधान केंद्र खोला गया। प्रश्न है राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है दूसरा दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट नीस और क्वार्टजाइट सेलों से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है दक्षिण पूर्वी भाग में वेसॉल्ट लावा के छरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है दक्षिणी भाग में फास्पेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है तो बताना है साथियों आपको कि राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो ऑप्शन पहला दूसरा या चौथा ऑप्शन बी दूसरा तीसरा या चौथा सी पहला दूसरा या तीसरा ऑप्शन डी तीसरा और चौथा तो साथियों बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है तो साथियों इसका सही तर है ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा अठारवा प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत पाया जाता है ऑप्शन साठ से पैंसठ परसेंट नब्बे से पिचानबे परसेंट सत्तर से पचहत्तर परसेंट या प्यारे अभ्यर्थियों पचास से पचपन परसेंट जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों इसका तो इसका सहित हो जाएगा ऑप्शन बी नब्बे से पिचानवे परसेंट पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत पाया जाता है नब्बे से पिचानबे परसेंट गुंदी साधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं ऑप्शन एरीडिसोल्स एवं एंटसोल्स एरिडिसोल्स एवं एल्फीसोल्स इंसेप्टोल्स या दोस्तों भर्टिसोल्स एंड अल्फीसोल्स तो पैराबर्ट का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से एरिडिसोल्स एवं एंटीसोल से मिट्टी यहां पाई जाती हैं याद रखना है इसको आपका अंतिम प्रश्न है राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है ऑप्शन पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी तो प्यारे अभ्यर्थी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है तो प्यारे अभ्यर्थियों आज का वीडियो बस यहीं तक यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो छोड़ें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो चलिए दोस्तों ए, मिलते हैं ऐसी एक मज़ेदार एवं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद